एक रात एक स्कूल और एक अस्पताल में आग लग गई तो बताइए फायर ब्रिगेड वाले सबसे पहले कहाँ की आग बुझाएंगे जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है